खाद्य हाँ विभाग गहरी नींद सो रहा है और भोपाल में खुले आम खराब दूध और आइसक्रीम का धंधा चल रहा है भोपाल के वीआईपी रोड पर केमिकल युक्त तो दूध की बोतलें बेची जा रही हैं। लोगों को बीमार बनाने वाले सामान को लेकर खाद्य विभाग जागरूक हो या ना हो पर आपको खुद को जागरूक होना पड़ेगा अगर आपको खुद को बीमारियों से बचाना है तो ऐसे सामान को लेकर आप जागरूक हो जाए और इनका विरोध करें क्या हादसे के बाद ही सरकारी महकमे को एक्शन में आना चाहिए ये सवाल इसलिए कि समय रहते सरकारी तंत्र सोता रहता है और हादसे के बाद विभागों की नींद खुलती है आपको बता दें भोपाल के वीआईपी रोड पर मिलावटी खराब दूध केमिकल मिक्स आइसक्रीम बेची जा रही थी बोतल बंद दूध बच्चों के पीने के लिए बेचा जा रहा था जिससे दुर्गंध आ रही थी वहीं कई जगह फुल्की के ठेले खुली हुई दुकान और गंदा खाना जनता को परोसा जा रहा है जो तमाम बीमारियों की वजह बना हुआ है इसके बावजूद खाद्य विभाग के अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंग रही शायद प्रशासन को बड़े हादसे का इंतजार है उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी मिलावट खोरों पर प्रशासन ने अपनी आंखें मूंद ली है लेकिन अब जनता को अपनी जान बचाने के लिए सजग रहने की जरूरत है फिलहाल एक जागरूक युवक ने ठेले से दूध की बंद बोतलों को खाली कराया और कई लोगों को बीमार होने से बचा लिया लेकिन अब आम जनता को जागरूक रहने की जरूरत है जब भी खाद्य पदार्थ लें स्वयं इसकी जांच कर लें क्योंकि खाद्य विभाग के अधिकारी तो गहरी नींद में सो रहे हैं और सरकार भी हादसे के बाद अधिकारियों पर कार्रवाई कर अपनी ड्यूटी निभा देगी इसलिए जिंदगी आपकी है और आपको ही सतर्क रहना पड़ेगा